दोस्तों नमस्कार फिल्म विजन स्टूडियो में दोस्तों आपका वेलकम है आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की शुभ मोहिनी धर गर्ल बबली होसन की मलिका सुंदरता से भी सुंदर माधुरी दीक्षित के बारे में इनका पूरा नाम माधुरी शंकर दीक्षित है इनके पिता का नाम शंकर दीक्षित माता का नाम स्नेहला स्नेहलता दीक्षित और भाई का नाम अजीत दीक्षित दो बहनें रूबा दीक्षित और भारती दीक्षित इनका धर्म हिंदू है और इनके प्रिय शोक पढ़ना लिखना रहा है इनके साथ एक बड़ा विवाद 1988 में आई फिल्म दयावान में इन्होंने अपने से 20 साल बड़े अभिनेता विनोद खन्ना को चुंबन दिया था माधुरी जी आज भी मानती है यह दृश्य सबसे खराब दृश्यों में से एक है और इन्होंने इस दृश्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए बोला है दूसरा विवाद मैगी विज्ञापन से रहा 2015 में हानिकारक केमिकल एम विवादित उत्पाद बन गया था अमिताभ बच्चन रीति जनता के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी सूत्रों के अनुसार 2012 में माधुरी को महाराष्ट्र का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाना था लेकिन इन्होंने 9 से 10 करोड़ का अमाउंट मांगा इसी वजह से माधुरी जी की जगह ऋतिक रोशन को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था माधुरी खाने पीने की भी बहुत शौकीन है इनका मनपसंद खाना कड़े पोहे झुनका बहकर और मोदक है और इनके मनपसंद अभिनेता बलराज शाहनी ग्रेगरी पैक और इनकी पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला और नरगिस रही है इनकी मनपसंद फिल्में गरम हवा गंगा जमना पड़ोसन, चलती का नाम गाड़ी इनकी फेवरेट फिल्में रही हैं और इनकी मनपसंद नृतकी हेलन और हेमा मालिनी जी है इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ है और इनकी फेवरेट जगह है मालदीव खेलों में इन्हें सबसे अच्छा खेल टेनिस लगता है और अब कुछ बातें करते हैं इनके पति देव और बच्चों के बारे में इनके पति का नाम श्री माधव नैने है माधवराव नैने और ये पेशेवर हरदारों के विशेषज्ञ है इनकी शादी सात अक्टूबर उन्नीस को हुई और इनके दो बच्चे राय नैने और हरी नैने हैं जैसा कि आपको पता है माधुरी जी डांस में परफेक्ट है इन्होंने नृत्य की ट्रेनिंग तीन वर्ष की उम्र से लेनी शुरू की थी और इन्होंने कथक में बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं और एक खबर आपको अगर नहीं पता तो हम बता ही देते हैं कि शुरुआती दिनों में इन्होंने एक टीवी धारावाहिक में भी काम किया था जो कुछ दिन के बाद बंद हो गया था फिल्मों में प्रवेश से पहले माधुरी जी टॉप की मॉडल रह चुकी है उन्नीस में आई फिल्म तेज आप ने माधुरी जी सी को और रात सुपर बना दिया था स्टार बना दिया था माधुरी जी ने हम आपके कौन है? कौन है में जनाब सलमान खान से भी ज़्यादा अमाउंट लिया था और लगे हाथों तो ये भी बताई देते हैं कि माधुरी दीक्षित क्रिकेटर सुनील गवास्कर की बहुत बड़ी फैन रही हैं इनकी पहली मुलाकात नैने जी से इनके भाई के माध्यम से हुई थी और अभी आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसका बहुत कम लोगों को पता है जी हाँ देवदास देवदास फिल्म के गाने में जो घाघरा माधुरी जी ने पहना था उसका वजन 30 किलोग्राम था और गाने के बोलते कहे छेदे छेदे मोहे जो घाघरा और जनाब 2014 में इनको यूनिसेफ फिल्म राजदूत नियुक्त किया गया था और दोस्तों अब एक ऐसी खबर आने वाली है आप दिल थाम के बैठ जाए जी हाँ दोस्तों माधुरी जी को तेरह बार फिल्म फेयर के लिए नामित नामित हो चुकी है इन्हें नृत्य और अभिनय से बहुत लगाव है ये सप्ताह में तीन बार कथक का अभ्यास जरूर करती हैं और दोस्तों 2013 दो में इन्होंने ऑनलाइन डांस अकेडमी खोली नृत्य और एक्टिंग के अलावा ये ताई कमांडर में भी प्रशिक्षित है निपुण है आज अगर ये अभिनेत्री नहीं होती तो सूक्ष्म जीव विज्ञानिक होती वैसे तो फिल्मों में इनकी जोड़ी सभी के साथ सुपरहिट रही है लेकिन सबसे ज़्यादा हिट जोड़ी रही अनिल कपूर जी के साथ तकरीबन इनकी 20 फिल्में आई और सभी सुपरहिट रही माधुरी जी के खूबसूरती नृत्य के पीछे इनकी मेहनत लगातार अभ्यास का कमाल है इन्होंने आठ साल तक कथक की पूर्ण शिक्षा ली है और अब बात करते हैं हरियाणा में माधुरी दीक्षित आई जी हाँ उन्नीस में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने सीएम एम कोटे से इनको एक बंगला दिया था और दोस्तों अब बात करेंगे माधुरी जी की सुपरहिट फिल्मों के बारे में जिनके नाम ये हैं परिंदा रामलखन लखन साजन दिल बेटा हल्लाय हम आपके कौन देवदास राजा दिल तो पागल है और जाते जाते दोस्तों एक खबर और दिए जाते हैं माधुरी जी की शादी पहले गायक सुरेश वाडकर जी से होने वाली थी शुरुआती दिनों में माधुरी जी बहुत दुबली पतली थी हुआ करती थी तो वाड़ेकर जी ने शादी ये कहकर टुकरा दी थी कि लड़की दुबली पतली है तो दोस्तों आज की बायोग्राफी फिल्म विजन स्टूडियो की तरफ से थी आपको माधुरी जी की बायोग्राफी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताए लाइक शेयर और बेल को प्रेस करें और सब सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों बहुत मिल जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे फिल्म विजन स्टूडियो की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट लक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू